कटनी में लगातार अवैध रेत उत्खनन जारी है जिसे लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग की है ग्रामीणों का कहना है कि वे पहले भी कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं लेकिन इसके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया गया वहीं कार्यवाही न होने पर ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है कटनी जिले के बड़वारा इलाके में निरंतर अवैध रेत उत्खनन का सिलसिला जारी है रेत माफिया नदी का सीना छलनी कर आपदा को आमंत्रण देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हालांकि नदियों से रेत के अवैध उत्खनन की जानकारी स्थानीय प्रशासन से लेकर आला अधिकारी तक है इसके बावजूद भी अधिकारी बड़े रेत माफिया के ऊपर कार्रवाई करने का साहस नहीं दिखा पा रहे हैं वहीं बड़वारा तहसील क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण बड़वारा एन एस आई विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद इसराइल के नेतृत्व में बड़वारा कांग्रेस विधायक के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार मनीष शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है बड़वारा विधायक विजय राघवेंद्र सिंह ने बताया की क्षेत्र में लगातार अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है बड़वारा मुख्यालय में व्यवहार न्यायालय एवं क्षेत्र में गड़बड़ाई बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, है अवैध उत्न हो रहा है ज्ञापन सौंप रहे की बंद किया जाए दूसरा न्यायालय जो है यहाँ पर अभी तक वो खोला नहीं गया है यहाँ पर तो बोला जाए कि यहाँ के ग्रामीण अंचल के लोग कटनी जाते हैं अगर छोटा सा भी मुकदमा कोई तो होता तो भगना है तो कटनी भागना पड़ता है कई लोगों को पैसा गरीबों का मतलब बचने लगेगा अगर यहाँ से यहाँ और न्यायालय खुल जाएगा तो इसी बात छुटिया सलैया हमें लाइन के किनारे जो रोड थी रोड खत्म हो गई है और स्कूल के जो बच्चे आते हैं हाई स्कूल पढ़ने के लिए तो वो लाइन लख आते हैं तो क्योंकि ये कहेंगे कि जान को जोखिम में डाल के बच्चे पढ़ने आते हैं वहीं युवा नेता एनएसयूआई अध्यक्ष मोहम्मद ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़वारा क्षेत्र के खहटा एमलिया गुड़ा देवरी ग्राम में महानदी घाट में रेत माफिया के द्वारा तमाम नियमों कायदों को दरकिनार कर पोपलिंग मशीन लगाकर नदी का सीना छलनी किया जा रहा है जिसकी संबंधित विभाग में कई बार शिकायत भी की गई लेकिन आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है उन्होंने कहा अगर अवैध रेत खदानों को चिन्हित कर प्रशासन सात दिन के अंदर अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई नहीं करता है तो हजारों की संख्या में हम सभी ग्रामीण धन्य प्रदर्शन आंदोलन कर राष्ट्रीय राजमार्ग तिरालीस को जाम कर देंगे जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी बड़वारा तहसील के अंतर्गत बहुत सारी खदानें चल रही हैं रेत की जो कि बड़े बड़े रेत माफियाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो पूर्णतः है, अवैध है उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है इसके पहले भी ज्ञापन दिया गया था आज प्रशासन को अल्टीमेट अल्टीमेटम दे चेतावनी दी गई है कि अगर आप सात दिनों के अंदर उन पर कार्रवाई नहीं करते तो शकाजाम करने का कार्य किया जाएगा दूसरा दूसरा ये कि यहाँ ठुटिया से लगी एक गांव है आवागमन के लिए रेलवे लाइन से लोग नक्कर आते हैं उसके लिए अंडरब्रिज की मांग शुरू हमने रखा है बिजली की व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है यहाँ बड़, बड़वारा क्षेत्र में और देवरी एक गांव है जहाँ पर एक साल से ट्रांसफार्मर खराब है अभी तक उन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा नहीं बदला गया बहुत सारे इन्हीं सब विभिन्न मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है हमारी ज्ञापन में कार्यवाही न होने की दशा में हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूर्ण पूर नहीं होंगी जय हिंद जय भारत मोहम्मद के नेतृत्व में ग्रामीण जलाए हुए थे मुख्य रूप से छह समस्याओं ऐसी सम्बन्धी ज्ञापन दिया है उसमें रेल विद्युत संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, बस स्टैंड और इसके अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय बड़वार वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसल